गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर आपका विजिटिंग कार्ड एक मल्टी टूल जैसा हो और क्या आपने कभी उड़ते हुए बाइक को देखा है तो वैसे ही और भी इंटरेस्टिंग गैजेट्स मौजूद हैं आज के सीरीज में तो तैयार हो जाइए क्योंकि आप अगले 10 मिनट हमारे इस वीडियो से कहीं और नहीं जा पाएंगे आखिर हमारे पास हैं ही इतने शानदार गैजेट्स, जिनके बारे में आपने कहीं ना सुना होगा और ना ही देखा होगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डालते हैं नजर उन गैजेट्स आरोप लेकिन उससे पहले आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले बेल आइकन को रख लीजिए ऑल पर ताकि आपको आगे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले अच्छा तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वॉलेट निंजा गाइज अगर आप हमेशा से अपने पर्स या पॉकेट में एक साधारण सा विजिटिंग कार्ड रखते आए हैं तो यह वॉलेट निंजा आपको देगा एक बढ़िया सी सर्विस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 तो ये प्रोडक्ट आपके लिए राहत लेकर आया है क्यूँकी हैंड ट्रक एक ऐसा ट्रक है जिसमे आप भारी से भारी सामान लोड कर यहाँ से वहां लेकर जा सकते हैं इसकी मदद से आपको अपने सामान को उठाने में लगने वाली एफर्ट फिफ्टी परसेंट तक कम लगानी पड़ती है जो की एक अच्छी बात होती है हैवी लिफ्टिंग ऊंची नीचे होल्ड कर सकते हैं इसी के लिए इसे आप आसानी से फोल्ड करके भी रख सकते हैं तो सामान उठाना हुआ आसान क्योंकि हमारे पास आ गया है ट्रक। वो भी सिर्फ सत्रह सौ रुपीज में जी हाँ आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं सत्रह सौ रुपए में अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो उसकी परचेस लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पबस्कैन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 स्टेप्स डिस्टेंस कैलरी इंटेक और अलार्मिंग के साथ ही साथ और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इस वॉच में मिलते हैं जैसे कि फोर वर्सटाइल स्पोर्ट्स मोड्स जिनको आप एक ग्लैंस में भी चेक कर सकते हैं कॉडलेस वैक्यूम क्लीनर गाइजे एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जिसे आप इजीले अपने घर पर ही असेंबल कर सकते हैं इसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ इसको किसी भी नॉर्मल वैक्यूम से बेहद ही अलग बना देती है एट सेल बैटरी वाला एक गैजेट सुपर स्ट्रोंग सक्शन का, का काम करता है यानी कि अब आपके घर की सफाई होगी आसान और मिनटों में इसके सेक्शन प्वाइंट्स को आप तीन लेवल्स में सेट कर सकते हैं एज पर यूर रिक्वायरमेंट नॉर्मल सरफेस के अलावा किसी भी प्रकार के कार्पेट पर भी काम करता है कुछ इस तरह से